हमने मेहनत की तो निखर गए चापलूसिया करने वाले चालाक बनकर रह गए क्या हमने मेहनत की तो निखर गए चापलूसिया करने वाले चालाक बनकर रह गए और खेल तो देखो इस वक्त का मेरा मजाक उड़ाने वाले आज मजाक बनकर रह गए